इसलिए किंग मेकर जो होते हैं ना वो कभी बहुत स्मार्ट आदमी को किंग नहीं बनाते बड़े बड़े राजा भिगंगे हो गए तुम दो एग्जाम्पल देखो मोहम्मद शाह रंगीला विवेकानंद मैं अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देता तो सही। किंग नेगर जो होते हैं ना वो कभी बहुत स्मार्ट आदमी को किंग नहीं बनाते सोनिया गांधी वुड हैव गिवन द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू शरद पवार एंड ऑफ गांधी डायनेस्टी एंड ऑफ गांधी डायनेस्ट्री एंड फिर अगला प्रधानमंत्री आफ्टर चाह <coughs> या तो अजीत पवार या उनकी बेटी पवार डायनेस्टी सोनिया गांधी समझदार महिला थी है मतलब तो उन्होंने दो खतरना दो तीन खतरनाक लोग थे एक तो वो थे बंगाली दादा प्रणब मुखर्जी उनको प्रेसिडेंट बना दिया He was a man of a rebel sentiment. ही वॉज अ मैन ऑफ रिबल सेंटिमेंट पढ़े लिखे आदमी थे विद्रोही थे उनको प्रेसिडेंट बना दिया प्रेसिडेंट बनाओ चलो अंकल जी को प्रेसिडेंट बनाओ अंकल जी तो प्रेसिडेंट राजेश पायलट पहले ही मर चुके थे माधोराव सिंधिया खत्म हो चुके थे शरद पवार पार्टी छोड़ चुके थे तो द ग्राउंड फॉर राहुल गांधी वॉज फिर फैक्टर कोई ने बोले राहुल जी तो ब्रह्मा का अवतार है <laughs> राजा जो है ना राजा के खासकर जो राजा और राजा को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है ब, बड़े बड़े राजा भिगमंगे हो गए क्योंकि उनका दिमाग नहीं काम करता था मोहम्मद शाह रंगीला मुगल रूलर लेकिन विवेकानंद राजा की तरह रहे तुम दो एग्जाम्पल देखो मोहम्मद शाह रंगीला एंड विवेकानंद विवेकानंद कोई मर्सिडीज नहीं कोई रॉल सराज लेकिन रहे राजा की तरह सम्मान और पूरी दुनिया में किसकी वजह से ज्ञान नॉलेज और उसके बाद उसके अलावा नॉलेज नहीं समझदारी मैं अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देता वो तो सही है पर मैं डेली एक पैराग्राफ देता हूँ कि ये समझ कर बता दो बस जाओ खेलो जब मुझे पढ़ के समझा देते हैं तब मैं उन्हें जाता हूं क्योंकि मैं सोचता ठीक है तुम बस एक चीज का डेवलपमेंट करो समझदारी का तुम जाके क्लास में डेड की तरह मत बैठ जाना आई एम वर्किंग ऑन देर अंडरस्टैंडिंग मैं ले आता रिक्शा वाले सामने खड़ा कर देता हूँ मैंने कहा देखो रिक्शा वाले क्यों देखो दस मिनट खड़ा है मैंने किसी ने इसको नमस्ते किया नहीं क्यों ये भी तो इंसान है हाँ बाबा फिर लेगा डीएम बंगले में डीएम के साथ बैठा दिया जो भी यार खड़ा है मैंने गौर कर देखो बैठ नहीं रहा है खड़ा है पीआरओ आर ओ सब इंस्पेक्टर खड़े हैं जी साहब जय हिंद सर एसएसपी अपने बंगले से निकला दरोगा पावरफुल बनो फिर इंसान बनो अगर सिर्फ इंसान बन गए तब मारे जाओगे जो तुम तो मुझसे सुबह कह रहे थे उठो कब तक सो यार चारों तरफ सब कुछ जल रहा है सत्ता का नशा करो सत्ता का